मेरा ही जलवा <laughs> जहाँ भी होगा वहाँ भी होगा <laughs> जो मुझसे टकरा है तेरे आगे कोई टिक ना है मेरा ही जलवा <laughs> break your old man's heart stop